को सुबिना हमें, साथ में को यार चोरी Hit, भी भी करन आ आ देणा देणा तेरी कर्म की गमीर तू रहना मिल नहीं नाज हर अला तेरी यदन में कटी रहेरान हमारो मिली रुखी पारो तेरी अदा रेरी यदन में कटी रहेरान हमारो हो में तू ही तो हेलो गुरु जी पहले तो सौ सौ ग्राम पीछा जा ना तो संजाला पचास सौ पिछले